जाए इसलिए सेना का अपने पर है। ये। ये ये ये। जो भी करते हैं करते हम शान से जो भी करते हैं फूके अपनी जान देख तेरे जैसे कितने करते सलाम देख पिट पीछे बड़ो बड़ो सामने राम देख पूरा भर कर, हुआ माफी मांगो हाथ ये है ताकत की की क्यों करी जैसे पलटे पैर चले बात रह गया दो भी कर, तो किसी तक फौजी जवान है यहाँ के अड़खिल है गड़बड़ जो भी तुम ना ले भरने में है एक्सपर्ट हाथ इनके काफी कह जो प्रूफ मांगे तो पड़ोसी चार मिले, इनकी छोटी सी चलते लोग दिल दिल बड़ा बोले पर दिल पे खुदी ये बोझ है रोज के रोज़ तक रो केसा बिना खोरक न दबे तो हम भी हिंदुस्तानी जज्बा है तूफानी बिल बोर्ड पे भी लिखवा देखे भी, भी जो भी करते हैं करते हम शाम से जो भी करते हैं